हम आपको नौ अवतार के बारे में बता चुके हैं जो पुराडो में लिखा है और वो पूर्ण रूप से सच है आप जाके पहला पार्ट देखें, दूसरा पार्ट शुरू होता है आपको वीडियो गुड़ तो कमेंट और बेकार तो लाइक आखिरी अवतार अब आ रहा है धन्यवाद यहां तक देखने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखे